प्रधानमंत्री आम खाते हैं ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं मतलब है ना के ऊपर खड़े गुटली के साथ आम खाना उसका मजा ही कुछ और होता है तो मैं जानना चाहूंगा आप आम खाते एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है और गुजरात में आम रस की परम्परा भी है वो तो बहुत लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारी फैमिली थी नहीं लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है चोरी करता है तो रोकता है तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा